प्रिय दर्शकों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भाग्य विश्लेष् के इस कार्यक्रम में आपके भीतर उपस्थित ईश्वर को साक्षी मानकर मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे लखनऊ से तुला राशि के जो हमारे दर्शक हैं जो ग्रहों के राजा हैं सूर्य देव इनका परिवर्तन हो रहा है और ये अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं अर्थात मीन राशि से निकल करके मेत राशि में ये प्रवेश कर रहे हैं और कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये एक माह का गोचर संक्रांति आप लोगों के कैसी रहेगी इस पर हम प्रकाश डालेंगे 14 अप्रैल को सूर्यदेव दोपहर दो, दो बजकर नौ मिनट पर मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये 15 मई 2019 को सुबह दस बजकर उनसठ मिनट पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो ऐसे में मेष संक्रांति तुला राशि के लिए कैसी रहेगी आपका पहला सौर वर्ष रहेगा कैसा ये पहला सौर माह आपका रहेगा तो दर्शकों इस पर प्रकाश तो डालते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको बता दें कि ये राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन के साथ साथ केवल मेष संक्रांति अर्थात जो सूर्य का प्रवेश है और सूर्य को ही मानक मान करके बताया जा रहा है अन्य ग्रहों को इसमें नहीं लिया जा रहा है तो मेष संक्रांति के प्रभाव को ही दर्शाती है ऐसे में दर्शकों आपको हम बताना चाहेंगे कि व्यापक और सटीक मूल्यांकन के लिए अन्य ग्रहों की स्थिति को भी देखना बहुत कुछ निर्भर करता है तो हमारी आपसे सलाह है कि अपनी जन्म कुंडली का और ग्रहों के प्रभाव को जानने के लिए आप हमारे ऑफिस के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं सूर्य का राशि परिवर्तन जो रहेगा ये आपकी राशि से सातवें स्थान में हो रहा है और जो सूर्य तो स्वामी आपके कुंडली में बनते हैं ये एकादश स्थान के स्वामी बनते हैं तो ये जो समय रहेगा देखिए अब सेवेंथ हाउस किस चीज़ का होता है तो ये आपके होता है पार्टनर का होता है मतलब शादीशुदा लोगों के लिए पार्टनर का होता है पत्नी का होता है ये आपके विवाह का, का, का होता है ये आपके व्यापार का होता है ये आपके साझेदारी का होता है यह आपके प्रत्यक्ष शत्रुओं का होता है तो ये जो पीरियड रहेगा इस पीरियड में आपकी रोमांटिक लाइफ में कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां स्टार्टिंग में एक हफ्ते तक आएगी इसके बाद ये परेशानी स्वतः चली जाएगी अविवाहित लोगों को कोई विवाह का प्रस्ताव मिलता हुआ नजर आएगा प्रत्यक्ष शत्रु जो अब तक आप पर हावी थे वो स्वतः समाप्त होते हुए तनावग्रस्त हो सकते हैं खान पान और अपने आराम का आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको संतुलन व दूरी बना करके चलना आपके लिए लाभकारी रहेगा वहीं पर चूंकि सूर्यदेव उच्च के हैं और इनकी जो दृष्टि पड़ रही है सीधे आपके लग्न पर पड़ रही है अर्थात अपनी नीच राशि को देख रहे हैं सूर्यदेव मेष राशि में 10 अंश पर उच्च के होते हैं और 10 अंश पर ही तुला राशि में नीच के होते हैं तो हो सकता है कि ऑफिस में उच्चाधिकारियों से कुछ आपका बात विवाद हो जाए आपके गौरव को मान सम्मान को कोई ठेस पहुँचे तो इनसे आपको बचना रहेगा उपाय के तौर पर बताना चाहेंगे कि तांबे के पात्र में जल का अधिक से अधिक सेवन किया करिए प्रतिदिन सूर्य के समक्ष 10 मिनट हाथ जोड़ करके आप लोग खड़े होगी ये स्थिति आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी तो ये आप लोग प्रयोग करिए और अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण करवा सकते हैं फिर आपको उस हिसाब से वगैरह भी जो है रिकमेंड कर देंगे कि ये स्टोन आप पहनी और कुछ और चीजें रहती हैं क्योंकि यहाँ पर केवल सूर्य को ही मानक मान करके राशिफल बताया जा रहा है